क्या कर रहे हो बेटो क्या कर रहे हो आप प्लीज हो आप जेन कर रहे हो किसको जेल में डालोगे मम्मी को मम्मी को जेल में डाल दी अच्छा। को निकाल दो मम्मी को निकाल दो बाहर जेल से ने, ने, ने निकाल निकाल क्या हो Okay, मम्मी को बोलो शैतानी करना नहीं अब क्या कर रहे हो आप आपका नाम क्या है पुलिस है आपका नाम मैं तो नहीं जा रहा मैं तो नहीं जा रहा मैं तो नहीं जा रहा मैं नहीं जा रहा मैं नहीं जा रहा सस्में से गोली कौन मारता है